साथियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी के डिमांड पर दिल्ली दिल्ली आप लोग बहुत कह रहे थे कि पंडित जी दिल्ली पुनः ये पुनः ये जबकि अभी आ करके गए हैं तो आप लोगों के अनुरोध पर डिमांड पर दिनांक उन्नीस और 20 जून को हम दिल्ली आ रहे हैं इच्छुक दर्शक जो कोई भी हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं यदि फ़ोन उठता है तो ठीक है नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं तो आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके बाद आपको जो है होटल का नाम और रूम नंबर बता दिया जाएगा आप लोग आ के मिल सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार